आज बात करने वाले भेड़िया मूवी के ओ रिलीज के बारे में तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस बार कॉम्फ्राम अपडेट लेके आया हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जैसे कि पास में काफ़ी सारे कॉन्ट्रवर्सी चल रही थी और काफ़ी रिपोर्ट पब्लिश हो रहे थे और चूतिया हमारे काट रहे थे तो इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे इस बार काफ़ी चांसेस ज़्यादा हैं कि इस बार देखने को मिल जाएगा भेड़िया मूवी तो इस वजह से पूरा एंड तक देखना और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में क्यूरी अपना छोड़ दे तो मैं पिक करके उसका आंसर करूंगा अगले वीडियो में और जैसे कि विक्रम बेदा मूवी भी कॉन्ट्रोवर्सी में काफ़ी चल रही थी पास्ट में तो अब आपको देखने को मिल गया है जियो सिनेमा पर तो इस पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी भेड़िया मूवी देखने को मिल जाएगा और आई भी खत्म होने वाला है अभी कुछ दिनों के बाद और ट्वेंटी मई को यह ख़त्म हो जाएगा आई और भीडिया मूवी का अभी करंट रिपोर्ट के अनुसार 26 मई को देखने को मिल जाएगा बताया जा रहा है ये रिपोर्ट के अनुसार तो आगे भी और भी अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और पी एस का बॉक्स कलेक्शन और ओटीटी में ने बना रखा है साइड में आपको मिल जाएगा और फुल एनालिटिक्स वीडियो चाहिए बॉक्स कलेक्शन पी का तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं